शहर में तेरे सा मुझे अपना कोई न मिला तेरे लम्हों से मेरे जख्मों से अब तो मैं दूर चला रुख ना किया उन गलियों का गलियों में तेरी बातें हो छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे मैं था मुसाफिर रह का तेरी तुझ तक मेरा था मैं भी कभी था मैं बर तेरा खाना बदो जिन में तेरी खुशबू हो, हो छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा रास दिखे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 गलियों का जिन गलियों में तेरी बात हो छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे फिर राह का तेरी तुझ तक मेरा था मैं भी कभी था मैं बर तेरा खाना बदोश में अब ठहरा खाना बदोश में अब ठेरा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 शहर में तेरे था सा। मुझे अपना कोई न मिला तेरे लम्हाखुमा से मेरे से अब तो मैं दूर चला रुख ना किया उन गलियों का जिन गलियों में तेरी बातें हो छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजर